नमस्कार बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल दिनांक 22 सितंबर 2019 का दैनिक राशिफल मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया लेकर के आया इस पर आज हम चर्चा करेंगे साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम प्रयोग आप लोगों को बताएंगे और हमारा ये राशिफल अभी लाइव चल रहा ला है रात्रि साढ़े से ग्यारह बजे के बीच में तो आप लोग जो नंबर हमने दिया है टाइटल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर आप फोन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस बता करके अपनी कुंडली का विश्लेषण फ्री में अभी करवा सकते हैं हमसे तो आप लोग जो है देरी करिए फटाफट आप लोग कॉल करिए और अंत तक दर्शकों बने रहिएगा नवरात्रि से जुड़ा हुआ हमने वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है सर्दीय नवरात्रि से लेकर के 29 सितंबर से 8 अक्टूबर तक बेसिकली रहेगा क्या कुछ खास रहेगा क्या उपाय करें नवरात्रि से लेकर सब कुछ उसमें है आप लोग बुझा करके देख सकते हैं इसके साथ साथ मंगल का जो राशि परिवर्तन कन्या राशि में हो रहा है पच्चीस सितंबर से लेकर के दस नवंबर तक की उससे रिलेटेड वीडियो भी हमने अपने चैनल पर डाल दिया है वार्षिक राशिफल हमने डाल दिया है डेली रहे हैं और क्या चाहिए दर्शकों बस हमारे इस हमारे इस इस चैनल को को सब्सक्राइब कीजिए मेहनत यदि आप पसंद करते छह बजे और बेसिकली हजार छिहत्तर उन्नीस सौ इकतालीस चल रहा है दर्शकों आज जो कृष्ण पक्ष की तिथि रहेगी अष्टमी तिथि रहेगी हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि के बारे में बताया गया है कि अष्टमी तिथि को नारियल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए नारियल बताया गया बचिएगा नक्षत्र रहेगा मृगशिरा इसके उपरांत आद्रा नक्षत्र रहेगा योग रहेगा व्यतिपात योग योग रहेगा बालो कौलो अंतिम करेगा तैत कर दिन रहेगा और चंद्र का जो चंद्रमा की राशि रहेगी चंद्रदेव जो गोचर करेंगे मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य राशि जो रहेगी सूर्य जो कन्या राशि में कर रहे हैं सूर्य नक्षत्र जो रहेगा ये उत्तरा फालगुनी नक्षत्र रहेगा दर्शकों अशुभ समय की बात कर लेते हैं राहु काल शाम को लगेगा साढ़े चार बजे से लेकर के छह बजे तक का तो इस दौरान आप लोग शुभ कार्यों को मत करिएगा यदि आपको शुभ कार्यों को करना होगा अभिजी मुहूर्त में दोपहर ग्यारह बजकर पैंतीस मिनट से बारह बजकर तेईस मिनट तक का रहेगा आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं या विजय मुहूर्त में कर सकते हैं दोपहर एक बजकर उनसठ मिनट से दो मिनट तक का विजय मुहूर्त रहेगा इसमें भी आप शुभ कार्यो को दर्शन को कर सकते हैं रविवार दिन रहेगा पश्चिम दिशा की ओर आप लोगों को यात्रा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए यदि करनी पड़ जाए तो घी अथवा पान का सेवन करके आप यात्राओं पर जा सकते हैं आ, राहु आज जो रहेगा ये उत्तर दिशा की ओर रहेगा दर्शकों अः अग्निवास आकाश में रहेगा सात बजकर पचास मिनट तक की दर्शकों पंचांग में काफी चीजें रहती हैं तो सभी चीजें हमने लगभग इसमें जो है आपको बता दी है अब चलते हैं अपने फटाफट राशिफल की ओर की मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा आज तो मेष राशि के जातकों आज आपका जो है काम मन मुताबिक होगा मित्रों के साथ किसी खास विषय पर आज आप डिबेट कर सकते हैं चर्चा कर सकते हैं जिससे आपको फायदा होगा किसी भी काम को करने में मन आज, आज आपका अधिक लगेगा दाम्पत्य जीवन मधुर रहे मधुर रहेगा आज आपको कई अच्छे अवसर मिलेंगे यदि आपको एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सफल होने के चांसेस आज ज्यादा रहेंगे आज आपको कारोबार में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी कोई रचनात्मक कार्य आज, आज आपके दिमाग में आ सकता है जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान दीजिएगा जिससे आपको आपको खुशियां मिलेंगी और कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन सूर्यदेव को आप अर्घ दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा लाल शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा राशि के जात को क्या कुछ कहता है आज का दिन लेकिन जो है देखिए आप लोग फोन फटाफट करिए दर्शकों वृषभ राशि के जात को आज आप खुद को एनर्जी से जो है भरा हुआ महसूस करेंगे आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूर्ण होगा आज इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट के के आपके सोचे हुए कार्य समय से पूर्ण होंगे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी कोशिश कीजिएगा की बड़ो का पैर छू करके यदि आप आशीर्वाद लेते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा अः आपको करना क्या रहेगा आज कोशिश कीजिएगा की शिवलिंग पर जल में थोड़ी सी लाल रोली डाल करके वो शिवाय मंत्र से अभिषेक करिए और शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा मिथुन राशि क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे तो मिथुन राशि के जात को आज थोड़ी मेहनत से बड़ा मुनाफा आपको मिल सकता है आज आपको समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती हुई दिखाई पड़ रही है इसके साथ साथ आज कोई रुका हुआ काम यदि आपका है तो ये पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है जीवन साथी के साथ आज आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं आ, किसी धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं खास करके कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो आज, आज आपका बहुत अच्छा जाएगा कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर रहने वाला है आज आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे आपको नतीजे उतने बढ़िया मिलते हैं क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आज की जो है कुछ स्थिति आपके फेवर में की नहीं होंगी, तो मन आपका थोड़ा सा करुड़ा होगा आप जो है आज बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाएं तो दिन अच्छा रहेगा रिश्ते आपके मधुर होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वहीं कर्क राशि के जातक आज का दिन कैसा बीतेगा तो आज आपका दिन सामान्य रहेगा आज अधिकारियों के साथ आप अपने व्यवहार में थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए धन लाभ के नए नए सोर्स आपके नजर आ रहे हैं आपको परिवार के किसी काम से यात्राओं पर जाना पड़ सकता है किसी ऐसे पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको फालतू बाद भी सामने आ सकते हैं उनसे बचना चाहिए आपको कोशिश कीजिएगा की कि आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा कोई चोट चपेट इत्यादि भी लग सकती है आज आपका पैसा खर्च होगा और आज विदेश से आप प्रॉपर भी जाने का योग बन रहा है कोशिश कीजिएगा सूर्य देव को अर्घ दीजिए और आदित्य हृदय स्रोत का एक बार पाठ करिए शुभ कलर रहेगा वाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा सिंह राशि क्या तो कहता है आज का राशिफल तो आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा किसी भी काम को शुरुआत से करने से पहले जीवन साथी से राय कर आए के नए नए आज, आज आपके स्रोत बनेंगे किसी लंबी यात्राओं पर जा सकते हैं पार्टनरशिप में कोई कार्य मत किसी को आज आपको उधार नहीं देना है कुछ मामलों में आज अपनी बातों पर आज आप कॉन्फिडेंस नहीं रह पाएंगे इसके साथ साथ आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगेगा खास करके जो स्टूडेंट है सिंह राशि के एग्जाम देने जा रहे हैं उनका पेपर भी आज अच्छा होगा कोई नया दोस्त आज आपका बन सकता है किसी कठिन परिस्थिति में आज आपको लोगों से मदद मिलेगी जरूरतमंदोंगी दक्षी दिशा शुभम मिश्रा से जुड़ गए राम राम जी कन्या राशि के जात को क्या कुछ कहता है कन्या राशि के जात को आज आपका मन अध्यात्म में अधिक रहेगा परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्राओं पर दर्शन के लिए जा सकेंगे आज कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आपको सफलता मिलेगी कन्या राशि के यदि आप जाता हैं अभी तक विवाहित है तो आपके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला कोई प्रेम आपका नया शुरू हो सकता है किसी विवाह के बंधन में बदने के लिए कोई रिश्ता आपके पास आ सकता है साथ मिलेगा अः कोशिश कीजिएगा की कि किस्मत का पूरा साथ मिले तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आज बंदरों को गुड़ और चना आपको जरूर देना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा हरा शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी रहेगी दिशा तुला राशि पर आगे बढ़े उससे पहले कुछ कमेंट आए हैं इसको पढ़ हैं। और जी, जी, राम राम और मित्रा जी हैं श्री कुमार सिंह है, है, है शास्त्री जी मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं तो कोशिश कीजिए कि ठाकुर साहब था, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए नमस्कार जी प्रदीप कुमार जी जी नमस्कार और साधना पांडे उठा रहे हैं तो फोन आएगा तो उठेगा अभी तक किसी का फोन आया नहीं है एक फोन देखिए आ गया है हेलो हेलो भाई भाई साहब बोलिए हेलो हाँ जी बोलिए मुझे है था कि है अभी मेरी लग रही एक आपकी, आपकी आवाज आपकी आवाज़ ठीक कहाँ नहीं रही सही से थोड़ा सा बात करेंगे तो बेहतर रहेगा डेट टाइम प्लेस बताइए 20 दिसंबर 1990 शुक्रवार दिन था, था।, था, था। एक, एक हाँ एक अच्छा जी कन्या राशि आपकी आ रही है मकर राशि बोलते है नहीं मकर राशि नहीं है चंद्र राशि आपकी कन्या राशि है आपका जो जॉब का क्वेश्चन है तो कोशिश कीजिए कि सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए यदि हो सके तो आप अः बृहस्पतिवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू जरूर खिलाइए ठीक है हाँ और रविवार के दिन रविवार के दिन आप हनुमान जी के सम्मुख बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें जल्दी ही आपकी नौकरी मिलेगी और जो कोर्ट में आपका मामला चल रहा है ये आपके फेवर में आएगा कोई कोई दिक्कत नहीं पहले आप नौकरी का देखिए फिर शादी का भी देखेंगे तो हमारी जो अगली जो है राशि आती है अः ये आती है तुला राशि तो तुला राशि के जातकों आज आपका दिन अनुकूल रहेगा कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो लव मीट के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा जरूरतमंद मित्रों की तरफ से आज आप मदद का हाथ बढ़ाएंगे इसके साथ साथ आज आपकी आर्थिक स्थिति रहेगी छात्रों को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी आपके सारे काम आपकी इच्छा के अनुसार जो है आज होते हुए नजर आ रहे हैं बेहतर भविष्य के लिए कोशिश कीजिएगा कुछ नई प्लानिंग कीजिएगा और किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय आज लग सकता है कोशिश कीजिएगा दुर्गा सप्तती का सिद्ध कुंज का स्त्रोत और दुर्गा जी के 32 नाम का पाठ करिए आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा येगा येगा दक्षिण दिशा वही वृश्चिक राशि के जात आज का दिन कैसा रहेगा तो आज आपका दिन पहले की अपेक्षा काफी अच्छा रहेगा आज ऑफिस में उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा आमदनी में इजाफा होगा प्रातः काल से अल्प दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है आज आपको आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है खुद को पूरे दिन आज बहुत ज्यादा थकावट महसूस करेंगे राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज विदेश दौरे पर जाने के चांसेस बन रहे हैं जीवन साथी के साथ आज आप कहीं घूमने बाहर जा सकते हैं घर परिवार का वातावरण शांतिदायक रहेगा घर में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है आध्यात्मिकता की ओर आज आपका रुझान रहेगा कोशिश कीजिएगा कि पंछियों को आज आप बाज कबूतरों को आज आप बाजरा डालिए तो ठीक रहेगा और आज के दिन किसी कन्या को आपको कोई मीठा देना है चॉकलेट देना है टॉफी देना है कोई कैंडी आप दे सकते हैं ये आप करिए आपके लिए जो शुभ कलर है वृश्चिक राशि के जातको ये रहेगा ऑरेंज कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा धनुराशि पर आगे बढ़े उससे पहले फोन कॉल लेते हैं हेलो हेलो हाँ नमस्ते जी देख जी है जी बताइए टाइम है है मिनट रात का पूछना था मॉर्निंग गोरखपुर का है जी गोरखपुर शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप कोई काम करती हैं। है जी सर, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक होगी तो तो ही है। uh, क्या आपके हस्बैंड भी हजब जॉब करते हैं नहीं वो बिजनेस है, अच्छा ठीक है तो तब भी सोर्स ऑफ इनकम आपकी एक से अधिक हुई अगर देखा जाए तो हाँ, हाँ, एज एज एक बताइए अपना जो है समस्या बताइए इस समय, इस समय समय आएंगी खास करके आँखों से रिलेटेड आपको कोई आएगी, नसों से संबंधित हाँ। कोई दिक्कत आपको जो है आ सकती है में, नस, में से में मतलब नस दिखने में प्रॉब्लम हो रही है हाँ, नसों से क्या आपकी आवाज आपकी आवाज साफ आ नहीं रही है हाँ, में हो आप, गए तो सुबह जल्दी उठ करके उगते सूर्य को आप देखिए जो सूर्य है उसकी पावर को अपने बॉडी में अपने शरीर में आप उसको एब्जॉर्ब करिए क्योंकि हड्डियों से रिलेटेड था दिक्कत आपको रहेगी ही रहेगी जी दूसरा एक प्रयोग हम आपको बता रहे हैं शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइए और शिवलिंग पर आपको जल में सफेद तिल डाल करके ओम जूम शाह मंत्र से आपको अर्पण करना रहेगा ये दो कार्य करिए आपके लिए ठीक रहेगा मंगलवार के दिन हनुमान बाहू का पाठ कर सकती है ठीक है जी अपने नहीं देखिए एक ही क्वेश्चन में हम एक बार में बताते हैं अगर आपको ज्यादा जानना हो तो अपनी कुंडली का आप विश्लेषण करवा सकती हैं शुल्क के साथ तो बिन, बिन के तो है। नहीं ऐसा कुछ नहीं कसम नहीं खाए हैं आप अगर फिर से फोन करेंगे थोड़ी देर बाद और अपने हसबेंड के बारे में पूछेंगे तब भी हम बता देंगे लेकिन जरूरतमंद लोग फोन करें The... We'll का हाँ, हाँ। तो आज आज आज आज समय काफी अच्छा बीतेगा जो लोग लो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं तरक्की के योग बन रहे हैं किसी बड़े बुजुर्ग की मदद करने में आज आपका मन क्या कहता है जो है लगेगा और बहुत राहत महसूस करेंगे आज आपका घर का वातावरण रहेगा ये बड़ा खुशनुमा रहेगा माहौल खुशनुमा रहेगा कार्य क्षेत्र में चुनौतियों तो का सामना करना पड़ेगा आर्थिक मामलों में आज का दिन बहुत बेहतर रहने वाला है करियर में नए आयाम स्थापित करेंगे कि आज माता पिता का आपको आशीर्वाद लेना रहेगा आज आपके सभी मनोरथ सभी कार्य अभिष्ट कार्यो की सिद्धि होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा सबसे पहले तो माता पिता के पैर छू करके के आशीर्वाद लीजिए दूसरा आज विष्णु सहेस का आप लोग पाठ कर डालिए शुभ कलर के लिए रहेगा येलो शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन मकर राशि पर पर ले, दिखवा लेना चाहिए और जो भी चीजें होती है जैसे अभी का फोन आया था तो राहू की महादशा चल रही थी राहू में बुद्ध का अंतर चल रहा था और बुद्ध में अगेन जो है केतु का अंतर चल रहा था काफी कुछ कॉम्प्लीकेटेड टाइम था कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे थे और ये जो अभी इनका जो है मतलब ये जो अभी पक्ष चल रहा है श्राद्ध पितृपक्ष चल रहा है इसमें जो उपाय हमने बताए हैं ये उपाय बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे और इनको अपने पितरों का आशीर्वाद पितरों का साथ इनको मिलेगा ही मिलेगा तो देखिए डॉक्टर के पास आप जाते वो दवा लिख देते तो ज्योतिषी के पास भी आएंगे तो वो भी आपको उपाय बताएंगे तो कोशिश कीजिए कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए और भले ही कुछ ना सब अच्छा चल रहा है उसके बावजूद भी करवाते रहना चाहिए थोड़ी सी आप थकान महसूस करेंगे आज काम के प्रति जो है अपना पॉजिटिव नजरिया आप रखेंगे उससे सब काम पूरे हो जाएंगे कामकाज की अधिकता सेहत पर असर डाल सकती है देखिये कुछ लोग कहते हैं पंडित जी संडे में कोर्ट कचहरी से क्या नाता तो फौरन में तमाम लोग ये वीडियो देखते हैं और एक चीज बता दें कोर्ट कचहरी का, का मतलब ये नहीं कि आप अदालत केसीलदार में, में संडे वाले दिन भी काम होता है तो उसमें भी वो भी कोर्ट होती है और कहीं कहीं पर संडे में भी कोर्ट खुलती है तो कामकाज की अधिकता सेहत पर आज असर डालेगी आज आपके सीनियर आपकी मदद करेंगे उच्चाधिकारी आज आपको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वर्क आपके ऊपर हुए नजर आएंगे कई महीनों से रुका हुआ धन आज आपको वापस मिलेगा, पैसा वापस मिलेगा मिलेगा पैसा किसी रिश्तेदार के आने की खुशी में घर का जो माहौल रहेगा ये वाला खुशनुमा रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग पुरुष सूक्त का पाठ करिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 बार ज्ञाप करना सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कुंभ राशि के जातकों क्या कुछ कहता है आज का राशिफल तो आज आपका दिन शानदार रहेगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आज का दिन काफी अच्छा बीतने वाला है लोगों का आप पर विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके जो हाई एजुकेशन की चाहत रखते हैं स्टूडेंट उनके लिए आज का दिन काफी अच्छा रहेगा बच्चों की तरफ से समाचार प्राप्त होगा घर का माहौल आपके खुशनुमा रहेगा दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस से उत्तम रहेगा रोजमर्रा के कार्यों से आज, आज आपको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा नियमित कामकाज में आज, आज आपका मन लगेगा नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक रहेगी कोशिश कीजिएगा ओम मंत्र बनी हुई को जरूर करें। आपके लिए कलर ये ब्राउन कलर आपके लिए भी मगर के लिए भी था आपके लिए भी और जो आपके लिए शुभ अंक रहेगा ये रहेगा अंक दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा अंतिम राशि पर चलते लेकिन दर्शकों चैनल को हमारे सब्सक्राइब बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए आप लोग और इस वीडियो को, कर को अच्छा रहेगा तो अच्छा रहे नौकरी पेशा लोगों के लिए आज अच्छे ऑफर आने के योग बन रहे हैं घर में खुशी का माहौल रहेगा संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिलेगी आज आप अपनी बेहतर सोच से हालात को नियंत्रित करते हुए नजर आएंगे ऑफिस में किसी सहकर्मी से आज, आज आपकी मदद मिलेगी दोस्ती हो सकती है आज आज आपको व्यापार में मुनाफा होगा सावधानी पूर्वक चलाइएगा घर के काम से आज आप बहुत ज्यादा थकेंगे शाम तो तक कुछ हरारत या मौसमी बुखार हो सकता है कोशिश कीजिएगा ओम क्लीम कृष्ण मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिएगा भगवान श्री कृष्ण आपके सभी दुखों को हरेंगे यदि कोई लाल गाय मिल जाती है तो उसको गुड़ और रोटी आज आप लोग जरूर खिलाइए अथवा रेवड़ी वगैरह भी खिला सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा शुभ रहे आपके लिए रहे एक दिशा आपके लिए रहे दिशा रहेगी तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशी का राशी फोन लेते हैं। हाँ जी हाँ जी बात करें नवंबर नवंबर नवंबर भाई आपकी हिंदी हम समझ नहीं पा रहे हैं 20 20 हाँ, हाँ जी टाइम बताइए 147 147 दोपहर का दोपहर का बर्थ प्लेस है बर्थ का कहा बताइए भाई साहब खाना को है हाँ जॉब से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है है कोई कोई से जी इसके साथ साथ कोई जो है किसी लड़की के साथ आपका कोई अफेयर था इसने चीट किया हो। ना, ना, चीट किया है। हाँ, चीट किया हो मैं है है तो को डेली अर्घ दीजिए पहली चीज दूसरी चीज राहु स्त्रोत का नृत्य पाठ करिए राहुल मंगलवार तो मंगल वाले दिन आपको सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा जी के दर्शन करना है लाल जी, को है। जी ये तीन काम करिए जल्दी ही आपको सफलता मिलेगी और कोशिश कीजिएगा अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा मैम सर वो जो तो हमने तो आपको बताया है कि आपके साथ चीटिंग हुई है हम तो आपको भाई जानते नहीं अब ये सब हम एक क्वेश्चन का जवाब ही देते हैं भाई साहब ठीक है सर तो बहुत जी दर्शकों पता सब कुछ चलता है कुंडली से चाहे इनके साथ चीटिंग हुई हो चाहे उनके साथ कोई तो प्रॉब्लम आई हो जान सब कुछ जानते हैं कुछ चीजें बताते हैं कुछ चीजें नहीं बताते अपने अंदर तक रखते हैं इवेन कोई कोई लोग हैं अब जैसे यहीं हम लखनऊ की बात बताएं एक हमारे क्लाइंट हैं यहाँ पर आईएफएस एफ हैं भारतीय विदेश सेवा के हैं पीयूष शर्मा जी जो कोई जो है मतलब यूपी से हैं उन्हीं के साइन से ही पासपोर्ट जारी होता है तो इवन वो क्या खा रहे थे क्या पहने थे किस दिशा में थे ये सभी चीज़ें हमने उनको बताई थी तो बहुत दंग रहेगा और आकर के पर्सनली हमसे मिले तो ये चीज़ें होती है कि अपने चैनल पर उनको लाएंगे आप लोग खुद ही उनके मुँह से सुन लीजिएगा तो दर्शकों ये तो था मे से लेकर के मीन राशि का राशिफल कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा नए हैं सब्सक्राइब करिए अच्छा लगा हो तभी करिए ना अच्छा लगा हो मत करिए इस वीडियो को जमकर शेयर कीजिए दीजिए इजाजत मिलती है अपने नए वीडियो में तब तो तक के लिए नमस्कार शुभ रात्रि